कवर कर लिए थे अगर आपने वीडियो नहीं देखा वीडियो प्ले में उपलब्ध है और वहां से आप उसको देख सकते हैं और आज इस क्लास में हम लोग अभ्यास सात दशमलव दो के पांचवें सवाल से स्टार्ट करेंगे पांचवा सवाल हमसे क्या करा है आइए हम लोग उसको पढ़ लेते हैं और हम उसको पढ़ रहे हैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है ऊपर कर रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड रेखा खंड यक से विभाजित करता है इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए इसका कह रहा है विभाजन बिंदु तथा इसके निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए तो हमें कह रहा है कि जो इसका मध्य जो इसका बिंदु दिया है ए और इसका एक बिंदु दिया है बी यह हम लोगों को दिया है बिंदु ए का मान दिया हुआ है 1 कामा माइनस पांच और बी का मान दिया हुआ है माइनस चार कामा पांच और इसका पूछ रहा है इसका मध्य बिंदु बताइए पी और कह रहा है कि जो पी बिंदु है वह यक्ष अच्छ को विभाजित करता है वह यक्ष अच्छ से विभाजित करता है तो दिया गया है लिखेंगे दिया गया है यक्ष अक्ष से विभाजित करता है यक्ष अक्ष से विभाजित करता है जब यक्ष अक्ष का निर्देश दिया गया है तो यक्ष अक्ष का निर्देश y अच्छ पर क्या होता है जीरो होता है y अच्छ पर क्या होता है जीरो होता है तो जो p का वैल्यू यहां पर प्राप्त हुआ वह यक्ष का मां कितना मिल गया जीरो क्ष काम जीरो मिल गया और फिर क्या रहा इसका विभाजन सूत्र विभाजन ज्ञात कीजिए विभाजन बिंदु तो विभाजन बिंदु का सेक्शन फार्मूला होता है विभाजन बिंदु विभाजन बिंदु को हमें पता करना है तो विभाजन बिंदु को पता करने के लिए इसका जो हमारा यहां से यहां के बीच की दूरी है जो इसका यम वन है और यम इसके अनुपात को भी हमें पता करना चाहिए तो लिखेंगे माना माना बिंदु पी को बिंद P को के अनुपातें 1 में विभाजित करता है विभाजित करता है विभाजित करता है, विभाजित करता है। माना बिंदु P को के अनुपात एवं में क्या करता है अनुपात में विभाजित करता है तो सेक्शन फार्मूला हम लोग रख देते हैं पी यक्स कामा वाई बराबर यम अपान यम वन प्लस यम m1 कामा वाई वन प्लस यम वन वाई टू प्लस यम टू वाई वन अपान प्लस मान उठाकर रखते हैं विभाजित है कर रहा है तो यम वन बराबर हो जाएगा के और यम टू बराबर हो जाएगा एक अब इसको उठाकर रखते हैं जो यम वन का मान है एक गुड़े यक्स टू का मान है हमारा माइनस चार प्लस टू का मान हमारा दिया है कितना एक गुड़े वन का मान दिया है एक बटे वन का मान है के प्लस वन कामा यम वन का मान है के गुड़े वाई टू का मान है पांच प्लस यम टू का मान है एक गुड़े वाई वन का मान कितना है एक सॉरी माइनस पांच बटे के प्लस वन अब इसको क्या करते हैं या जो हमें मिल गया प्राप्त हो गया बिन अब इसको हम लोग इसमें यक्ष अच्छ को यक्ष के बराबर रख देते हैं और वाई एच को वाई एच के बराबर रख देते हैं तो देखो हमारा यह अच्छे यह वाई अच्छ है या वाई एच है लिखेंगे यक्ष अच्छ को यक्ष के बराबर और वाई अच्छ को y के बराबर रखने पर y के बराबर रखने पर रखने पर देखो वाई हम लोग आगे इसके हल करते हैं जब यक्स अच को यक्ष एच के बराबर y एच के y एच के बराबर रखेंगे यक्ष बराबर हमें मिल जाएगा यक्स बराबर चार का गुणा एक में करेंगे तो हो जाएगा माइनस चार एक का गुणा एक में तो हो जाएगा यहां पर के है ये वन का वैल्यू कितना है के तो हो जाएगा माइनस चार के प्लस वन बटे के प्लस वन और फिर वाई को वाई के बराबर रखेंगे तो हो जाएगा कहां जीरो बराबर पांच का गुणा के में पांच के माइनस पांच का गुणा एक में माइनस पांच बटे के प्लस वन अब इसको इसके बराबर करते हैं यक्स के प्लस बराबर माइनस फोर के प्लस वन अब इसको भी यद करते हैं के वन प्लस वन का गुड़ा करेंगे जीरो में तो हो जाएगा जीरो बराबर पांच के माइनस पांच अब क्या करेंगे इसकी सहायता से हम लोगों को जो हमारा के है उसका मान तो मिल नहीं सकता है हम लोग इसकी सहायता से हल करते हैं तो हो जाएगा माइनस पांच इस तरफ आ जाएगा तो प्लस पांच, पांच अब पांच के, के साथ गुड़ा में इधर आएगा तो भाग में पांच बटे पांच बराबर से पांच कट गया जो के का वैल्यू मिल गया वह कितना मिल गया एक मिल गया तो जो हमारा बिंदु P का निर्देश था यक्ष काम हमें उसको यक्ष को भी अभी पता करना है अब इसका जो अनुपात किस अनुपात में विभाजित कर रहे थे हम लोगों ने माना था के अनुपाते वन, तो वन, वन में अब जो के का वैल्यू मिल गया वह एक मिल गया और इसका हम लोगों को पहले से ही पता था अब हमको पता करना है कि जो बिंदु पी का यक्ष अच्छा का निर्देश है तो लिखेंगे दूसरा सवाल निर्देशांक ज्ञात करना निर्देशांक ज्ञात करने के लिए देखो हम लोग यह जो हमारा समीकरण मिला है यक्स के प्लस वन बराबर यह है हमारा माइनस फोर के प्लस माइनस फोर के प्लस वन अब क्या करते हैं जो हमारा के का मान मिला उसको उठाकर यहां पर रख देते हैं यक्स वन प्लस वन बराबर माइनस फोर गुड़े वन प्लस वन अब क्या हो जाएगा यक्ष का एक का एक में जोड़ देंगे तो हो जाएगा दो दो काक्स के साथ गुड़ा कर देंगे तो हो जाएगा यह दो बराबर चार का गुड़ा एक में तो हो जाएगा माइनस चार प्लस एक अब माइनस चार में से घटा देंगे तो माइनस तीन तो दो यक्स बराबर आ गया माइनस तीन अब यक्स यह दो है गुड़ा में इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस तीन बटे बराबर आ गया हमें माइनस तीन तो जो हमारा यक्स का वैल्यू था मिल गया माइनस तीन तो अतः इसका जो निर्देश हो जाएगा अतः बिंदु पी का निर्देश पी का निर्देश बिंदु पी का निर्देश बिंदु पी का निर्देश कितना दिया है पी यक्स कामा जीरो दिया है अब हम लोगों ने इसको जब टोटल वैल्यू कैलकुलेट किया तो हमें यक्ष का मान मिल गया माइनस तीन बटे दो कामा जीरो यही हम लोगों का क्या हो गया आंसर इस प्रकार हमारा पहला सवाल क्या होता है समाप्त होता है अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ छठवा सवाल हमसे क्या कहता है उसको हम लोग हल करते हैं अब हम लोग बात करते हैं छठवें सवाल पर छठवां सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कर रहा है यदि बिंदु एक कामा दो चार कामा वाई यक्ष कामा छीन इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो यक्ष और वाई को ज्ञात कीजिए यक्ष और वाई की वैल्यू को पूछ रहा है और यहां पर निर्देश दिया है छ नंबर निर्देश दिया है ए का एक कामा दो बी का निर्देश दिया है चार कामा वाई सी का निर्देश दिया है यक्ष और छी का निर्देश दिया है तीन कामा पांच कुकर इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं समांतर चतुर्भुज को कह रहा है शीर्ष हैं यह हमारा समांतर चतुर्भुज है समा करा के समांतर चतुर्भुज के एक शीर्ष हो तो इसमें जो यक्ष और वाई का मान दिया गया उसको बताना है तो इसको हम लोग बोले ए बी सी डी जो ए का निर्देश दिया है एक कामा दो बी का निर्देश दिया है चार कामा वाई सी का निर्देश दिया है यक्ष कामा अच्छा और डी का निर्देश दिया है तीन का अब क्या करा है इसके यहां पर जो हमें यक्ष दिया है यक्ष का वैल्यू पुष पता करना है और जो y दिया है y की वैल्यू पता करना है तो हम लोग सबसे पहले इसके विकर्ण को बनाते हैं सबसे पहले इसके को बनाते हैं तो आपको यहां पर पता होगा जो इसका मध्य बिंदु दोनों का बिकर्ण है जो AC का बिकर्ण है और जो BD डी का विकर्ण है ये दोनों आपस में क्या है बराबर है ये दोनों आपस में क्या है बराबर है तो जो यहां पर एम और एम का वैल्यू हो जाएगा एक अनुपात एक में विभाजित कर रहे हैं तो यहां पर जो हम लोगों का लिखेंगे AC बराबर BD ये दोनों आपस में क्या है बराबर है तो इनके बराबर होने के कारण इसका जो हम लोग शिक्षण फार्मूला यूज करेंगे यह समान अनुपात में विभाजित कर रहे हैं यह हो जाएगा यस क्स टू अपन टू कामा वाई वन प्लस वाई टू अपान टू बराबर बीसी का सेक्शन फार्मूला हम लोग याद करेंगे तो बीसी सेक्शन फार्मूला हो जाएगा इसका भी यक्स वन प्लस यक्स टू अपान टू का वाई वन प्लस वाई टू अपान टू अब हम लोगों को यक्स वन एक्स वन का मान दिया कितना एक प्लस यक्स का मान दिया कितना यक्स बटे दो कामा, का माई का मान दिया है दो प्लस वाई का मान दिया है छे दो यहां पर x1 x1 का वैल्यू दिया है कितना चार प्लस का वैल्यू कितना दिया है तीन बटे दो कामा वाई का वैल्यू दिया y वाई प्लस वाई का वैल्यू दिया है पांच बटे दो आ गया अब हम लोग क्या करेंगे यह x है यह वाई एच है y एच लिखेंगे यस अच्छ यक्स एच के बराबर तथा वाई एच वाई एच के बराबर वाई एच के बराबर तब हमारा क्या हो जाएगा हो जाएगा 1 प्लस बटे दो बराबर चार प्लस तीन बराबर हो जाएगा सात बटे दो. दो से दो कट गया तो हमारा बचा यक्स प्लस वन बराबर सात तो ये बराबर हो जाएगा सात माइनस एक तो ये बराबर कितना गया छे. अब छो को पता करना है क्या कि जो हमारा वाई है वाई के बराबर है दो प्लस छ बराबर है दो प्लस छ आठ बटे दो बराबर वाई प्लस पांच बटे दो दो से दो कट गया तो बचा आठ बराबर वाई प्लस पांच तो यह प्लस पांच है इधर आएगा तो माइनस पांच बराबर वाई आठ में से पांच को घटा देंगे बचेगा तीन बराबर वाई अतः जो हमारा यक्स का मान है वह मिला छह और जो वाई का मान है वह मिला हमारा कितना तीन तो जो इसका निर्देश हो जाएगा निर्देश सॉरी निर्देश नहीं हम लोगों को निर्देश पहले से दिया गया है बी का बी का जो निर्देश दिया वह चार कामा वाई दिया है और जो हम लोगों को इसका वाई का वैल्यू मिल गया चार और कामा तीन अब हम लोगों को सी में दिया है यक्ष और छ का वैल्यू मिल गया कितना छ और पहले से हमारा अगला वैल्यू कितना था छ इस प्रकार यह हमारा क्या हो जाता है एंसर आप क्या कीजिए वीडियो को पॉज कर लीजिए वीडियो को पॉज करने पश्चित इसको आप नोट कर लीजिए फिर हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है सवाल हमसे क्या कह रहा है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है करा बिंदु ए का निर्देशांक याद कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का ब्यास है जिसका केंद्र दिया हुआ है दो काम माइनस तीन तथा बी का निर्देश दिया है एक कामा चार तो ए का निर्देश को पता करना है कह रहा है कि ए बी एक वृत्त का ब्यास है ए सात नंबर करा ए है और एक बिंदु बी है ए और बिंदु बी वृत्त का क्या है व्यास है ये क्या है वृत्त का व्यास है और इसका कह रहा है कि जो मध्य बिंदु है जो मध्य बिंदु है वह दिया गया जिसका है जिसका केंद्र हम लोग बोलते हैं पीम वह दिया है दो कामा माइनस तीन और बिंदु बी का मान दिया हुआ है एक कामाचार और हमसे बिंदु ए का निर्देश पूछ रहा है बिंदु ए का निर्देश पूछ रहा है तो बताइए हम लोग इसको क्या करते हैं सूक्ष्म फार्मूला के द्वारा पता करते हैं तो आइए सबसे पहले यह हम लोग जान, जान, जानना चाहेंगे कि जो हमारा एक वृत होता है जो एक वृत्त होता है ब्रित के अंदर वृत्त के अंदर जो बना हुआ जिस बिंदु से क्या होता है या परिध होता है बिंदु के अंदर जो परिधि बना होता है जो त्रिज्या होती है वह हर जगह क्या होती है बराबर होती है वह हर जगह क्या होती है बराबर होती है वृत्त के केंद्र से जो परिधि के बीच की दूरी होती है वह आपस में बराबर होती है तो अब लोग इतना जान गए कि जो यहां से यहां तक की दूरी दिया है बिंदु पी दिया है बिंदु भी दिया है अब इसमें हम लोगों को यमोन और यम चाहिए ये और यम टू चाहिए तो ये इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा समान अनुपात में विभाजित करेगा यानी यम वन जो होगा यम टू के समान अनुपात में विभाजित करेगा और हम लोगों को पता है कि जब बिंदु क्या करता है समान अनुपात में विभाजित करता है तो यहां पर जो इसका मध्य बिंदु का निर्दांगात करने का नियम होता है वह होता है पी यक्स बराबर हो जाता है यक्स वन प्लस यक्स टू टू। आपको याद आ रहा होगा अब हम लोग क्या करते हैं का वैल्यू है कितना दो कामा माइनस तीन और ये का वैल्यू यहां पर कुछ नहीं दिया है तो यमा वाई यक्स वन का वैल्यू कुछ नहीं दिया है तो इसको हम लोग मान लेते हैं यक्स वन प्लस यक्स टू का वैल्यू दिया है एक बटे मा y1 कुछ नहीं दिया है तो इसको y1 वन प्लस y2 का वैल्यू दिया है चार बटे दो अब क्या करते हैं के बराबर yh yh के बराबर रख देते हैं तो लिखेंगे यक्ष यक्ष के बराबर और yh y के बराबर y के बराबर रखने पर रखने पर तो देखो जो हमारा यह x अच्छे या y अच्छे तो दो बराबर हो जाएगा तीन बराबर वाई वन प्लस चार बटे दो अब क्या करते हैं इसको हल कर लेते हो जाएगा दो दू ना चार बराबर वन अब यह प्लस वन है इधर आएगा तो माइनस वन हो जाएगा चार माइनस वन बराबर चार में से घटा देंगे तीन यक्स वन और इसको भी हल कर लेते हैं तीन दुना माइनस छ बराबर वाई वन प्लस चार अब यह प्लस चार है इसको इस तरफ करेंगे माइनस चार बराबर वाई वन अब माइनस छ माइनस चार हो जाएगा माइनस दस बराबर वन। इस प्रकार जो हमारा और वाई वन का वैल्यू था वह हम लोगों को मिल गया जो हमारा बिंदु एक का निर्देश था यक्स वन, वन बराबर वह मिल गया हमें कितना तीन कामा दस दस। इस प्रकार यह हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है जो हमारा सातवां सवाल एकदम सरल था वह हमारा क्या हो जाता, आ जाता है।, इसी हमारा भी सवाल क्या होता है समाप्त होता है अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल क्या कहता है? तो आठवाई दे रहा होगा कह रहा है यदि है माइनस दो और माइनस तीन और दो कामा माइनस चार हो तो बिंदु पी को निर्देश ज्ञात कीजिए कह रहा है बिंदु ए दो बिंदु दिया है एक बिंदु ए और एक बिंदु दिया है बी एक बिंदु दिया है ए और एक बिंदु क्या दिया है बी जो बिंदु ए है वह दिया गया है हमारा कितना माइनस -2. और बिंदु बी जो दिया है वह दिया गया है कितना दो -4. और कर रहा है इसका बिंदु पी निर्देश ज्ञात कीजिए बिंदु पी क्या कीजिए निर्देश ज्ञात कीजिए और कह रहा है कि इसमें एक और नियम भी दिया है दिया है कि जो एपी है वह तीन बटे सात ए है जो ए है वह तीन बटे सात ए के क्या है बराबर है आइए हम लोग थोड़ा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ए पी यहां पर ए है इसको इस तरफ बुला लो तो यह हो जाएगा ए बराबर तीन बटे सात क्योंकि तीन बटे सात अब इसको क्या करते हैं, हम बराबर कर देते हैं तो हम लोगों को तीन और ए बी बराबर मिल जाता है कितना सात अब इसमें देखो जो इसको अनुपात को पता करना यम वन और एम टू इसी की सहायता से हम लोग यम वन और यम टू को पता करेंगे तो देखो जो हमारा ए पी है वह मिल गया कितना तीन और हमें ए बी मिल गया कितना सात लेकिन हमें पी बी नहीं पता है पी से पी बी बी की दूरी हमें नहीं पता है तो हम लोग इसको पता करने के लिए तो हम लोग जानते ए बी बराबर होता है ए पी प्लस पी बी अब ए बी का टोटल वैल्यू दिया है सात बराबर ए पी का भी वैल्यू दिया है तीन प्लस पी बी का वैल्यू चाहिए यह प्लस तीन है, इधर आएगा तो माइनस तीन बराबर पी बी अब सात में से तीन घटा देंगे तो चार बराबर आ गया क्या पी बी तो जो हमारा यहां से यहां तक ए से पी का वैल्यू था वो हम लोगों को पता था कितना तीन लेकिन हमको पी से बी का वैल्यू नहीं पता था तो पी से बी की वैल्यू मिल गया कितना चार तो जो हमारा यम वन है वो मिल गया हम लोगों को तीन और जो हमारा यम है वह मिल कितना हम लोगों को चार मिल गया अब हम लोग क्या करते हैं इसका जो बिंदु P पूछ रहा है निर्देश ज्ञात करने के लिए यक्ष कामा वाई अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं पता कर लेते हैं हम लोग शिक्षण फार्मूला को जानते हैं सेक्शन फार्मूला हमारा क्या होता है कि जब दो अनुपात में नहीं समान अनुपात में विभाजित नहीं करता है तो शिक्षण फार्मूला जो हमारा होता है यक्स कामा बराबर यम वन यक्स टू प्लस यम टू, मा m1 y2 वाई टू प्लस m2 टू वाई वन यम वाई प्लस यम इसी में रखकर हल कर लेते हैं पी एक्स वाई का वैल्यू चाहिए x का माई बराबर m1 का मान दिया है कितना तीन गुड़े यक्स का मान कितना दिया है दो प्लस यम का वैल्यू चार गुड़े यक्स का मान कितना दिया है माइनस दो बटे का वैल्यू दिया है कितना माइनस चार गुड़े वाई वन का वैल्यू दिया है माइनस दो बटे यम ओन का वैल्यू तीन प्लस चार बराबर तीन दूना हो गया छ चार दूना हो जाएगा माइनस आठ बटे चार तीन सात कामा चार त्याई माइनस बारह फिर माइनस चार दू ना आठ बटे चार तीन कितना हो गया सात हो गया छह में से आठ घटा देंगे तो माइनस दो बटे सात का बारह में आठ को जोड़ देंगे तो माइनस बीस बटे कितना सात जो हमारा यक्ष और y का निर्देश है वह कितना मिल गया हम लोगों को -2 दो बटे सात और जो हमारा y का निर्देश है वह मिल गया हम लोगों को कितना -20 बीस बटे सात इस प्रकार जो हमारा दिया गया सवाल था आठ नंबर का वह भी हमारा क्या हो जाता है साल हो जाता है आप वीडियो को पॉज करके वीडियो को क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को अपना हल करके नोट कर सकते हैं इसको अपने नोटबुक में अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल हमसी नौवा सवाल हम क्या कह रहा है सवाल क्या कर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि बिंदुओं A का विभाजित कर रहे हैं तो बिंदुओं के निर्देशांक आपकी कीजिए नवा प्रश्न दिया है एक बिंदु A है और एक बिंदु क्या है B है इसका जो निर्देश दिया है दोनों का दिया है ए और बी दोनों का निर्देश दिया है का निर्देश दिया है माइनस दो, दो और बी का जो निर्देश दिया है वह दिया है दो कामा अब इसको कर रहा है चार भागों में विभाजित कर रहा है चार भागों समान में विभाजित कर रहा है तो इसके हम लोग विभाजित करने का तीन बिंदु बनाएंगे एक दो तीन इसको बनाएंगे सी इसको बनाएंगे डी और इसको बनाएंगे ई अब इसको चार भागों में विभाजित कर रहा है यानी जो इसका अनुपात है वह एक, एक एक और कितना है एक है अब जब इसका अनुपात क्या है हम लोगों को पता हो गया अब हम लोग क्या करते हैं बिंदु डी का जो निर्देश है डी अब सबसे पहले हम लोग इसको पता कर लेते हैं कि इसका मध्य बिंदु क्या होगा तो जब यह पता हो जाएगा तो हम लोग सी भी पता कर लेंगे और ई भी पता कर लेंगे तो देखो यहां पर इसको यह समान अनुपात में विभाजित कर रहा है यानी यह इसको दो खंड और इसको यह दो खंड यानी जो इसके यम का वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा एक और एक कितना दो और इसके जो यम का वैल्यू हो जाएगा एक और एक कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा जाएगा अनुपात में विभाजित कर रहा है ना तो हम लोग समान में जब विभाजित करते तो हम लोग सूत्र जानते हैं हो जाएगा डी यक्स का वाई बराबर यक्स वन प्लस यक्स टू कितना टू का वैल्यू दिया है कितना 2 माइनस दो प्लस का वैल्यू दिया है कितना 2 बटे दो, दो. काम वाई वन का वैल्यू दिया है 2 प्लस In Commons. वाई टू का वैल्यू दिया है 8 बटे 2 माइनस दो प्लस दो हो जाएगा जीरो जीरो 2 तो में भाग देंगे तो दे, जीरो काम आठ में 2 को जोड़ेंगे 10 10 में 2 भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 5 तो डी एक्स वाई का जो वैल्यू था यहाँ पर वह हम लोगों को मिलेगा कितना जीरो कामा यानी बिंदु का जो निर्देश था वह कितना मिल गया जीरो का मिल गया जब डी का निर्देश यहाँ पर मिल गया जीरो का तो हम लोगों को यहाँ पर अब ई का निर्देश चाहिए तो लिखेंगे ई का निर्देश पता करने के लिए वाई बराबर फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे सेक्शन फार्मूला जब समान अनुपात में क्योंकि विभाजित कर रहा है यह एक अनुपात एक में जो ये और एम का वैल्यू समान है तो इसका सेक्शन फार्मूला हो जाएगा एक्स वन प्लस Y1, y2 येक्स वान, येक्स वान दो दो, y1 y1 y1 y2 y2 कितना कितना कितना कितना कितना 2 2 2 दिया दिया दिया दिया इसका 0 है है का का 5 वैल्यू 8 2 0 में 2 को जोड़ेंगे 2 बटे दो कामा पांच में 8 जोड़ेंगे 13 बटे कितना 2 2 से 2 में भाग दे देंगे तो 1 कामा तेरह बटे कितना आ गया 2 जो यानी e E का निर्देश पूछ रहा था यक्ष का माई वह मिल गया हम लोगों को कितना एक कामा तेरह बटे तीन इस प्रकार हमारा इसका भी निर्देश पता चल गया जो हमारे ई e का निर्देश था इतना आ गया अब हम लोगों को पता करना है क्या सी का निर्देश सी का निर्देश सी का निर्देश देखो एम और जो एम टू का वैल्यू समान है तो इसका जो मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा कितना हो गया? टू यक्स वन य वैल्यू यहां पर देखो दिया है माइनस दो प्लस यक्स टू का वैल्यू यहां पर मिला है जीरो बटे दो कामा वाई वन वाई वन का वैल्यू दिया है दो प्लस वाई टू का वैल्यू यहां पर दिया है पांच बटे दो अब क्या करते माइनस दो बटे दो हो गया कामा पांच दो कितना हो गया सात बटे दो दो से दो कट गया हमारा आ गया माइनस एक कामा सात बटे दो जो हमारा सी का निर्देश था यक्ष कामा वाही वह वा आ गया माइनस एक कामा सात बटे दो इस प्रकार यह हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है तो नवा सवाल भी हमारा एकदम सरल सा था जो यहां पर साल्व हो गया आप वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करने के पश्चात इसको क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए अब हम लोग बढ़ते हैं हमारा जो इस चैप्टर का लास्ट सवाल है दसवा सवाल अब हम लोग उसको हल करते हैं दसवां सवाल हमसे क्या कर रहा है स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है दसवा सवाल कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे शीर्ष इस इसी क्रम में तीन कामा जीरो चार कामा पांच माइनस एक और माइनस दिए गए हैं दसवा सवाल कह रहा है एक समतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं ए बी सी और डी दिया गया है ए का जो निर्देश है वह तीन का माँ है बी का जो निर्देश है वह चार का माँ पांच है जो सी का निर्देश है माइनस एक का मा चार है और जो डी का निर्देश है वह माइनस दो का मां माइनस एक है तो हमसे पूछ क्या रहा है इसके बीच की जो बिकर्ण का गुण बिकरण पूछ रहा है तो यह इसका है बिकर्ण A से C का बिकर और B से D का बिकर जब इसको हम लोग क्या कर लेंगे पता कर लेंगे तो हम लोग इसको इसका क्षेत्रफल फल पूछ रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज का क्षेत्रफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है एक बटा दो गुड़े उन्हीं के का गुणनफल फल का गुणनफल गुणनफल तो हम लोगों को विकर्ण पता नहीं हम लोगों को विकर्ण को पता करना है तो विकर्ण को पता कैसे करेंगे ए से A से C के बीच की हम लोग क्या कर लेंगे दूरी को कैलकुलेट कर लेंगे एसी से एसी के बीच की दूरी जब हम इसको पता कर लेंगे अब A से C के बीच की दूरी को पता करने के लिए हम लोगों को पता है इसके बीच का जो दूरी का पता करने का फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट x2 टू माइनस यक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 टू माइनस वाई का होल स्क्वायर तो एसी के बीच की दूरी हम लोग अब पता कर लेंगे A, Yux 2, Yux 2 का वैल्यू यहां पर दिया है अंडर रूट माइनस वन माइनस यक्स वन का वैल्यू दिया है तीन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू का वैल्यू दिया है चार माइनस वाई वन का वैल्यू दिया है जीरो का होल स्क्वायर अंडर रूट तीन में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा माइनस का होल स्क्वायर प्लस में जीरो को घटा देंगे तो चार का होल स्क्वायर अब इसको निकाल लें चार चौके हो जाएगा कितना सोलह प्लस चार चौके सोलह सोलह में सोलह को जोड़ देंगे तो हो जाएगा बत्तीस अब बत्तीस का गुणनखंड कर लेंगे तो हो जाएगा चार चौके सोलह सोलह दूना बत्तीस अब जिसका जोड़ा बन रहा है उसको कड़ी कर्ड़, से बाहर निकाल लेते हैं तो चार अंडर रूट कितना आ गया दो ये हमारे किसके बीच की दूरी आ गया एसी के बीच की दूरी अब हम लोगों को क्या करना है जब एसी के बीच की दूरी निकाल है तो हम लोगों को बीडी के बीच की दूरी भी पता करना है बीडी के बीच की दूरी बीच की दूरी बीडी के बीच की भी दूरी का फार्मूला हो जाएगा वही हम लोगों का अंडर रूट यक्स टू माइनस यक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस का होली स्क्वायर यक्स टू का वैल्यू यहां पर दिया है कितना माइनस दो माइनस यक्स का वैल्यू यहां पर दिया है चार का होल स्क्वायर प्लस y2 टू का वैल्यू दिया है कितना माइनस एक माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया है पांच होल स्क्वायर अंडर रूट माइनस दो चार हो जाएगा माइनस छह का होल स्क्वायर प्लस माइनस एक माइनस पांच हो जाएगा माइनस छह का होल स्क्वायर माइनस छ का होली स्क्वायर करेंगे छत्तीस छोबक छत्तीस अब छत्तीस में छत्तीस को जोड़ देंगे बहत्तर अब इसका क्या करेंगे करड़ी में निकालेंगे तो छछक छत्तीस और छत्तीस दूना बहत्तर अब छुड़े छह बन रहा इसका जोड़ा तो हो जाएगा छ अंडर उब हम लोगों को पता है कि जो समतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हम लोगों को जो एसी के बीच की दूरी हम लोगों को पता हो गया और बी के बीच की भी दूरी पता हो गया एसी और बी डी के बीच की भी दूरी क्या हो गई पता हो गई अब हम लोग क्या करते हैं इसके क्षेत्रफल को निकालना है तो क्षेत्रफल का बराबर हम लोग फार्मूला जानते एक बटा दो गुड़े बिकरण का गुणनफल तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा एक बटे दो गुड़े एक बटे दो गुड़े जो हमारा बिकरण कौन सबसे पहला बिकरण एसी है और दूसरा बी है एसी का वैल्यू हम लोगों को मिला चार और जो हमारा बी का वैल्यू मिला वह मिला छ अंडर रूट दो अब देखो चार का गुणा छ में कर लेते हैं चौका हो जाएगा चौबीस गुणे अंडर रूट दो का गुणा अंडर रूट में दो में करेंगे दो हो जाएगा दो बटे दो यानी दो से दो कट गया यानी आ गया चौबीस पूछ रहा है चौबीस स्क्वायर मीटर यूनिट स्क्वायर मीटर यूनिट या हमारा आ गया क्या इसका सम चतुर्भुज का क्या क्षेत्रफल सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल कितना गया चौबीस स्क्वायर मीटर क्या यूनिट इस प्रकार जो दिया गया था, वो डाउट रह गया होगा इस चैप्टर के दौरान तो आप क्या कर सकते हैं नीचे दिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आपको उसको रिप्लाई दिया जाएगा आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को क्या कीजिएगा लाइक कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत